हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवदगीता क्लास में तो आज हम शुरू करते हैं श्लोक क्रमांक 15 आठवीं अध्याय का पहले मंगलाचरण करते हैं फिर बताते हैं लिंक क्या है इस श्लोक का ओके ओम अतिरांधस ज्ञानंजनाशलाकक्षुरा मिलिम ये ना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोभ स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा ददा सपदा वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन वैष्णवशाग्र जा सहगढ़ रघुनाथ युता तम साध्वेत सवधूत पर्जन सहित कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पान सहगढ़ ललिता श्री विशाकांत विशाश हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरी प्रिय वाचाकूभ कृपा सिंधुभ्य च पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे रामाय राम मभद्रा रामचंद्रा वेदसे रघुनाथाथा सीतया फते नमः नमो पादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामी नाम नमस्ते सारसते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात हरे कृष्ण ठीक है तो शुरू करते हम पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था जो अन्य भक्त हैं जो अन्य भक्त हैं जो हमेशा मेरे चिंतन में लगे रहते हैं एक क्षण के लिए मुझे नहीं भूलते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं तो कोई अगर क्वेश्चन कर दे अच्छा आपको प्राप्त करते हैं तो आपको प्राप्त करने से क्या होगा आपको प्राप्त कर लिया तो क्या लाभ है आपको प्राप्त करने का तो बता रहे हैं इस श्लोक में क्या लाभ है ठीक है नाप्नुवंती महात्मा संसिधि परमापे पुनर्जन्म शाश्वतम नाप्नुवंती महात्मा ठीक है ओके तो इस श्लोक में भगवान मतलब तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या लाभ प्राप्त होता है ये जो इसमें वर्ड आया ना मापेत्या मामपेत्या मतलब मुझको प्राप्त करके होता क्या पिछले बताएगा आपको प्राप्त करेगा तो अब आप आपको प्राप्त कर लिया अब आपको प्राप्त करने से होगा क्या ये बता रहे हैं तो मुझे प्राप्त करके मामपेत्या पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके उसका दोबारा जन्म नहीं होता पहले फायदा बता रहे हैं दोबारा जन्म नहीं होता पुनर्जन्म को मतलब वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता और पुनर्जन्म प्राप्त करने में क्या कठिनाई है मतलब क्यों नहीं प्राप्त करना चाहता पुनर्जन्म वो भक्त जो है जो भगवान के पास पहुंच गया तो, तो वो नीचे क्यों नहीं आना चाहता हाँ और ठीक है मतलब कठिनाई है मतलब कठिनाई है तो इस कठिनाई में इस जगत में वो इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि भगवान कह रहे हैं खुद क्या कह रहे हैं दुख खालियम असाश्वतम अब भगवान ने पहले ही घोषित कर दिया ये जगह दुख है तो फिर कोई आना चाहेगा तो कौन पागल होगा, मूर्ख दुख में आएगा। और हम जो बैठे यहाँ पे इसीलिए अगर जो मूर्ख होगा वो आएगा ही नहीं यहाँ पे मान लो धाम में थे अब वहां पे अगर नहीं मुझे आपके जैसा मुझे बनना है तो मान बोला देखो यहाँ तो मैं अकेला हूँ नीचे जाओ घर के मालिक बनो फैक्ट्री के मालिक बनो ठीक है गाड़ी के मालिक बनो सब चीज के मालिक बनो कुत्ते के मालिक बन, तो बन जाते हैं उनका मालिक है।, <laughs> <laughs> है वो नौकर है उसके वो सेवक है ठीक है ओके तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या कठिनाई है दुखालयम अशास्तम ये जगत दुखा घर है तो कोई बोले अच्छा ये जगह दुख का घर है तो मैं कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जितने भी दुख हैं उनसे निवृत्ति पा लूंगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना तो फिर लोग क्षण वर् अशाश्वतम है ना दोनों चीज बोली ना ये नहीं कि दुखालियम बोल दिया हो नहीं हम तो कुछ ना कुछ पेंटिंग वेंटिंग करो के झकास हो जाएंगे तो कहेंगे झकास होकर करोगे क्या मृत्यु तो आएगी ना सब छोड़ना पड़ेगा और मृत्यु के बाद फिर घर में बैठना पड़ेगा अब कोई बोले कि हमें तो याद नहीं दुख का याद नहीं है पर ये सोच के देखो ना कि दुख तो हुआ होगा ना उसमें पेट में अंदर तुम्हारी जान है सब कुछ चल रहा है कीड़े खा रहे तो दुख नहीं हो रहा होगा दुख तो हो रहा याद भूल गया दुख का लेकिन भूता तो तो है ना दुख ये मैं समझता तो ये यहाँ पे बता रहे हैं अच्छा तो क्योंकि हमें जब शरीर त्यागना होता है तो शरीर से जुड़ी सारी वस्तुएं सब कुछ हमें यहीं पे छोड़ के जानी होती है फिर कह रहे हैं नीचे लाने में नापनुवंती महात्मा ना समसि अगर वो क्यों नहीं आना चाहता मतलब कि वहां पे ऐसा क्या है तो बता रहे हैं कि जो ऐसा महात्मा होता है जो महात्मा लोग होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं और क्यों इस जगत में नहीं आते परम सिद्धिम को क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं परम सिद्धि क्या है कृष्ण परम सिद्धि मतलब की वहां पे इतना आनंद है कि मनी नहीं करोगे तुम मान लो जैसे कभी कभी देखा है कि हम आ, कभी कभी ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मन नहीं करता नहीं। क्यों आनंद मिल रहा है ना लेकिन ये भौतिक आनंद है बहुत सुख है है सुख ये ठीक इसलिए तो वहाँ पे इतना आनंद है वहाँ पे सब कुछ आध्यात्मिक है बोलना उठना गाना सोना सेवा करना सब कुछ आध्यात्मिक हो यहाँ पे क्या है भौतिक है सब कुछ मतलब भौतिक मटेरियल है यहाँ पे इसलिए तो इसलिए वो प्राप्त धाम को प्राप्त करते हैं भगवान के धाम को इसलिए वापस नहीं आते क्योंकि वहां पे सुख सूखा है एक्चुअली सुख वहाँ पे हर चीज का मतलब ये परछाई है जब परछाई में इतना सुख मिल रहा है तो ओरिजिनल चीज में कितना सुख होगा जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट और, और कलरफुल कॉपी तो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट है और कलरफुल कॉपी कलर जैसे टीवी थी ना ब्लैक एंड व्हाइट और, और टीवी तो पता चल गया उसके रंगीन टीवी आ गई है तो जाते थे ना वहाँ पे देखने लिए ब्लैक कौन देख रहा है उसके सामने देखेगा कुछ नहीं देखेगा ऐसी कार्बन कॉपी है ये संसार टेक्स्ट पढ़ते हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है जैसा की पहले श्लोक में बताया भगवान ने कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित जगत में नहीं लौटते तो कह रहे हैं कि जो दुख से भरा हुआ जगत है इसमें वो नहीं लौटते कौन नहीं लौटते ये जो भक्ति योगी है अब जब भक्ति योगी जाता है तो लोग नीचे से कहते हैं अच्छा अब तुम जा रहे हो अब तो कभी मुलाकात होगी नहीं हमारी तुम्हारी तुम तो भक्ति कर रहे हो ना तो तुम तो धाम चले गए तुम तो आओगे नहीं तो मृत्यु भी मिस करती है मृत्यु भी टाटा बोलती है ओके अब तुम्हारा तुम्हारा मिलना नहीं होगा हर जन्म मैंने आपको मारा है हर जन्म तुमने जन्म लिया है हर जन्म मैंने आपको मारा है अब तो तुम वापस आओगे नहीं तो टाटा बाय बाय दुआ करना की मैं भी कभी मैं भी भक्ति करूँ तो मैं भी आ जाऊँ भवन संत हो जाऊँ तो इस तरीके से बताते हैं कि भक्त टाटा बाय बाय करके संसार से चला जाता है एक्चुअली संसार है ही बहुत बुरा हम अभी मान लो कि 24 घंटे जो भी क्रियाएं कर रहे हैं क्या उसमें दुख नहीं है वो भी बताऊंगा क्यों नहीं लगता तो इस घटिया जगह रहने नहीं देते जब हम भक्ति करते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कहते अरे चलो चलो अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है घटिया संसार तुम्हारे लिए नहीं, अब तुम चलो तुम धाम आओ मेरे ऊपर कहते हैं ना कि अब तो जैसे मान लो अब कोई गरीब लड़का है अब कोई कोई गरीब लड़का है तो अब उसकी मान लो कि नौकरी लग गई हाई फाई हो गया शादी अच्छी खासी हो गई तो फिर तो बड़े लेवल पे आ गए ना तो फिर वो झोपड़ी घटिया चीजों में क्यों रहेगा तो इसी तरीके से जब तक हम रह रहे थे सोच के अच्छा अच्छा जब भक्ति करने लगे भगवान का नाम लेने लगे तो फिर भगवान खुद ही कहते हैं कि अब तुम्हारे ये रहने के लायक जगह नहीं है तुम मेरे धाम हो तुम वहां पर रहो तो फिर वहां हम धाम जाते हैं और यहाँ धाम में सब कुछ आध्यात्मिक है टोटली ट्रांजिटल है क्या बोलते हैं आध्यात्मिक ठीक है तो क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है मामपेत्या मतलब मामप्रेत्य का मतलब क्या होता है मुझे प्राप्त करके पिछले क्षण बोला ना मुझे प्राप्त करोगे जो अन्य भक्त तो मुझे प्राप्त करेंगे तो भैया आपको प्राप्त करके फायदा क्या है, है क्या मतलब लाभ है तो कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म एक तो यह लाभ है पुनर्जन्म मतलब तो दोबारा जन्म नहीं होगा कहाँ नहीं होगा दोबारा जन्म दुखालयम असाश्वतम अब दुखालयम अशाश्वतम है तो इसका मतलब तो स्वर्ग में दे दे जन्म तो अगला श्लोक में बोलेंगे ब्रह्मा के लोग से लेके नीचे तक लोग सब अशाश्वतम है सब खत्म होने वाले हैं कि कोई कर सकता है ना क्वेश्चन इसके बाद आपने बोला दुखालयम अशाश्वतम यहाँ जन्म नहीं होगा तो स्वर्ग में तो हो सकता है ब्रह्म लोग तपलोक मतलब कहीं भी तो दे सकते हैं तो फिर बोलेंगे ब्रह्मा से जितने लोग हैं ना सब अशाश्वतम सिर्फ एक वैकुंठ और कृष्ण लोग तो नहीं तो तो नरसिंह धाम साकेत धाम वैकुंठ एक्चुअली वैकुंठा एक उसमें विष्णु का लोग आता है सब आते हैं लेकिन उससे भी ऊपर टॉप है वो, वो है गोलो कृष्ण धाम वहां पर आनंद आता है ठीक है तो भगवान दो चीज बोल रहे हैं दुखालियम तो भगवान ने यहाँ पे दो नाम लिया दुखालियम अशाशोतम ठीक है।, है तो पहले हम दुखालियम पे कुछ बात चर्चा करते हैं दुखालयम मतलब दुख का घर अब इसी से ही इंसान को समझ में आ जाना चाहिए दुख का घर तो वहां क्या मिलेगा दुख मिलेगा ना फिर भी लोग कहते हैं अरे हमारे पड़ोसी बड़ा बेकार है हमारे पड़ोसी ने ये कर दिया वो गाड़ी बड़ी लगा दी खेलने नहीं देते कोई बोले अरे हमारे घर के लोग खराब है अत कर रखी है तो बड़ा दुखी हो गए तो आश्चर्य की क्या बात है इसमें तुम दुखाले में दुख दुख नहीं आएगा तो क्या सुख आएगा एक्चुअली सुख आए है तो हैरानी की बात है ना कि दुख में सुख कैसे आ गया? दुखाले में दुखी आएगा ना जाहिर सी बात है अब ऐसा तो नहीं मेडिसिन की दुकान पे गए बोलो दे दो एक किलो लड्डू हलवाई हलवाई से बोलो मुझे ना दर्द की टैबलेट दे दो तो उल्टा हो गया ना जहाँ जो चीज है वही मिलेगी मद्रालय में मद्रालय में भोजनालय में भोजन मिलेगा तो ये सब चीजें दुखालय में दुख मिलेगा और वही दुख कैसा है अच्छा आशोत्तम ऐसा नहीं कि दुख हमेशा रहेगा और ऐसा भी नहीं सुख हमेशा रहेगा सुख दुख सुख दुख आते रहेंगे आते रहेंगे इसलिए बोल रहे हैं असाशुतम मतलब दुख आ रहा है वो भी अशासम है और सुख आ रहा है वो भी असाशुतम है दोनों चीज असाश्वतम ठीक है तो कृष्ण ने कहा जैसे कि मान लो कि अगर जैसे कोई गाड़ी है बाइक है तो उस बाइक को बनाने वाला कोई इंजीनियर है तो जिसने वो गाड़ी बनाई है वो उसके बारे में सब जानता है ना क्या स्पीड रहेगी क्या माइलेज देगी कहाँ कौन सा पुर्जा है कहाँ कौन सी गड़बड़ है तो क्या होगा इसमें सब कुछ उसके बाद नॉलेज है इस तरह जगत किसने बनाया भगवान ने तो कौन बता सकता है जगत कैसा है क्या क्वालिटी है इस जगत की क्वालिटी क्या है दुखालयम दुख का घर है ठीक है और यहाँ हम सब लोग पड़े हैं क्या सोच के सुखाले हम सुखाल ये, ये दुखालय नहीं है सुखाले और सुखालय कर करके करके सूख गए पर यह सुखालय नहीं हो पाया ये दुखालय ही बना रहा तो इसीलिए ये दुखाले में ही रहता है सुखालय में रहता है फिर भी लोग कहते हैं ये मैंने बता दिया तो हमारा जो दिल है धड़कन है वो क्या बोलता है परमात्मा अंदर से क्या बोलते, है? दुख, दुख, दुख, दुख, हम क्या बोलते? सुनते हैं सुख सुख सुख सुख ऐख दुख है ये दुख है भागो यहां से दुख है वो कहते हैं सुख है सुख है लगे रहते हैं और दुख झेलते रहते हैं तो यहां पर दुखालय में ही मिलेगा और मान लो कोई कहे अच्छा अगर सुख मिल गया तो तो अगली क्वालिटी क्या है सास होता हूँ सुख मिला भी तो क्या है तो क्षण के लिए दोनों चीज क्षण भर है दुख भी और सुख भी जैसे रेड लाइट के बाद ग्रीन आएगी ग्रीन के बाद फिर रेड आएगी चलता रहेगा ऐसा नहीं कि हमेशा रेड ही बनी रहेगी खड़े ही रहो ग्रीन ही बनी रहेगी ऐसा नहीं होगा फिर कह रहे हैं नानापतिवंती नापनुवंती महात्मा समी परमाता मतलब बेहतर यही है कि हम सुख दुख का चक्र छोड़ दें और भगवान का स्मरण करें और भगवान स्मरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा परम गति परम आनंद प्राप्त मिलेगा यानी गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हमें इस जगत में कोई कैरियर बनाने की जरूरत नहीं है और कैरियर बनाना भी कोई अः बुद्धि वाला कार्य नहीं है मान लो दुखाले में असाशु और हम कोई कैरियर बनाने में लगे हैं मतलब पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं सब कर रहे हैं मतलब वो बनना है कल का तो छोड़ो आगे वाली पांच हमारी बना रहे मतलब किसी चीज के लगे पड़े पूरा समय उसी में निकाल दो कैरियर बनाने में और पता नहीं बन भी नहीं पाए थे तो या उससे पहले सही छोड़ के चले गए है ना सब यही रखा रहे थे जैसे की एक इंसान ने मान लो बहुत कुछ किया अपनी फैमिली के सबके लिए मरने के बाद उन सब चीजों की क्या वैल्यू रहेगी जो किया उसके लिए जो मर रहा है कुछ जीरो हो गया ना सब कुछ और फिर से उसे जन्म देना पड़ेगा और फिर से करना पड़ेगा तो इसलिए निकलो ठीक है एक क्वेश्चन किया किसी ने अगर मतलब कोई कहे कि ये जगह जब भगवान बोल रहे हैं दुख का घर है दुख का घर है दुखालयम असाच तो लोग जाते क्यों नहीं भगवान के पास मरण क्यों नहीं करते क्यों क्यों इस दुनिया में पड़े हुए हैं और किसी को बताओगी ना कि दुखालयम है तो भी नहीं मानते तो भी नहीं मानते इसमें पड़े क्यों तो कह रहे हैं इसमें दुख दुखा लयम लय ले, लय का मतलब होता है छुपा हुआ दुख तो है पर छुपा हुआ है दिखता नहीं इसलिए तो लोग कर रहे, रहे हैं ना हम सुखी हैं हर कोई यही सोच रहा है ना हम ऐसा कर लेंगे बस सुखी हो जाएंगे सारी प्रॉब्लम खत्म हो होगी लेकिन छुपा हुआ दुख है ना वो दिख नहीं रहा और ये कौन कार्य करता है माया देवी ये माया ऐसा करती है कि जो दुख है वो दिखता नहीं है सुख लगता है यानी दुख को हम सुख मान रहे हैं यही माया है प्रभुपात जी के में कहते हैं कि हम दुख को सुख मान रहे हैं यही माया है वरना का तुम दुख को दुख मानो तो माया नहीं है ना तो तुम दुख को दुख मान रहे हो लेकिन हम इस भौतिक संसार जो दुखालय हम है इसको सुखालय मान रहे हैं यही माया है मतलब अपने आप को शरीर मान रहे हैं शरीर से जुड़ी चीजें मेरी हैं ये मेरा है ये तेरा है ये सब चीजें क्या है ये माया है वरना सब कुछ भगवान का है तो दुखालय आलम का मतलब होता छुपा हुआ तो दुख तो है पर छुपे हुए हैं और इसमें एक और मन का और मन के कारण और मन के का, मन का कारण भी इसमें एक तो दुखा जो दुख है वो छुपा हुआ है और मन का कारण मन का कारण क्या है मन क्या बोलता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तुम सुखी हो जाओगे सारी प्रॉब्लम खत्म हो भगवान भगवान को तो बोलने की क्या जरूरत है भगवान को कुछ मत करो तुम तुम खुद ही कर लोगे तुम बस ये कर लो सुखी हो जाओगे तो ये माया है बस थोड़ा सा कर लो थोड़ा अगर हो जाओ सुखी हो जाओगे और इसी में इंसान लगा रहता है दुख आया तो सोचता है ये कर लू अब सुखी हो जाओगे फिर नेक्स्ट दुख देखा होगा कि शरीर में कोई ना कोई चीज बीमारी बनी रहती है कि दर्द दर कुछ ना कुछ ऐसा है कि ऐसा दिन नहीं है बिल्कुल तो स्वस्थ हो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है शरीर सही होगा तो कुछ और लग जाएगा फैमिली में किसी को कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा। मतलब डेली कुछ ना कुछ लगा ही है, है। और ये हमको देख नहीं था जैसे की कथा आती है पहले के जो राजा थे वो सजा कैसे देते थे चोरों को पानी में डुबोते थे ऐसे करके और जब बिल्कुल सांस खत्म होने वाले निकाल देते दे थे वो कथा ऐसे करके तो वही पूरे जिंदगी तो उसी में पानी में डूबे हुए हैं और नेक्स्ट सुख मिल जाता है ना मतलब बाहर आ गए हाँ ये सुख है बस ये सुख है बस ये सुख है तो ये हम उस तरीके से सुख समझ रहे हैं तो मन कहता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ठीक है तो हम अपनी बुरी स्थिति को नहीं समझ पाते हम खुद ही बुरी स्थिति में है और हम ही नहीं समझ पाते क्यों ये माया के द्वारा होता है कैसे जैसे हमें लगता है हम ठीक है क्या हम ठीक है बाथरूम करनी पड़ती है मल त्यागना पड़ता है ये दुख ये क्या स्थिति नहीं दिख रही लेकिन हम सोच रहे सही हैं। है घर में आना पड़ता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि है बीमारी है तो क्या हम सही है सही स्थिति में कभी भी सही स्थिति में नहीं है किसी भी टाइम लेकिन हमें लगता हैं सही यही माया के दुखाले हम है इसलिए इसको दुखालय बोलते हैं छुपा हुआ बोलते हैं दुख समझ में नहीं आता और जो समझ गए दुख है वो भक्ति करेगा और पाएगा आज कल के लेक्चर में समझा था कि अगर कोई भक्ति करता है तो हरे तो फल बर्बाद कर रहे हो और मतलब फालतू टाइम मतलब भक्ति करना फालतू टाइम बर्बाद हो गया ये ये कोई फालतू टाइम तुम्हें तो जवानी मिली है मिली है क्या फालतू के टाइम बर्बाद कर रहे उनका कहना है कि तुम ये मत करो तुम बाकी संसार में फंसे रहो ये फालतू का काम नहीं ये सही काम है तो भक्ति करना फालतू का काम बताते तो हमें अपने जो चित्त है भोगों से हटा के अगर मान लो कि अपने चित्त को अगर क्षण भर के लिए जो भोगों में लगा रखा है अगर क्षण भर के लिए भी उस भोग से हटा के कृष्ण में लगाए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा क्षण तो भर के लिए भी कृष्ण में लगा दे तो क्योंकि एक बार लगाया दो बार लगाया तो कृष्ण तो फिर है ना बस कृष्ण का तो ये है कि थोड़ा सा उंगली आ गई ना और पूरे घुस के आ जाते हैं इस तरीके से तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं तुरंत ही है, वह लुप्त हो जाते हैं तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे कि ब्रह्मा का आगे श्लोको में आएगा कि ब्रह्मा का समय भी भगवान के साथ समय में क्या है जैसे सब्जी को छोंकता है फिर चिंगारी निकल पड़ेगी सब्जी में छोंक लगाते समय आग से निकलेगा इस तरीके से ब्रह्मा का जन्म तो हमारा जन्म मृत्यु क्या हुआ फिर जन्म मतलब जन्म तो लिया तो मृत्यु तुरंत तुरंत तुरं, तुरं तुरं लिया ऐसे तुरं तुरं तुरं। करके और लगता हम तो बहुत ये कर लेंगे वो कर लेंगे बड़ा और वैसे अब देखो तो अब और बड़े तो साल तो ऐसे लगेगी आई और निकल गई ना अभी तो आई थी दो हजार बाईस जुलाई आ गया ऐसे की पूरा समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा कब बुरा ठीक है ओके okay, तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो तो परम सिद्धि मतलब क्या यहाँ पे परम सिद्धि मतलब वहां इतना आनंद है उसे छोड़ के क्यों आएगा कोई तो यहां पे आनंद, नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलोशों से पूर्ण है इसे बता रहे दुखालय आता है जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परमलोक कृष्णलोक या गोलोक वृंदा उनको प्राप्त होता है होता है वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता क्यों नहीं आना चाहता क्योंकि वहां इतना आनंद है ना क्यों आना चाहेगा मतलब क्लेश भरे पड़े हैं याधी, याधी, देविक, सब क्लेश यही पड़े हैं सारे तो क्यों आना चाहेगा इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है मतलब जो भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का तो जो गोलोक में भगवान का जो सचितांद स्वरूप है वो गोलोकों में प्रकाशित होता है उसी को परमगति कहते हैं मतलब परमगति प्राप्त होती है किस परमगति मतलब भगवान का जो प्रकाशित करते हैं ना सचितानंद उसको कहते हैं तो इसी को तो परम मतलब कि हाई हाई से भी हाई मतलब बेस्ट से बेस्ट तो भगवान के इस दिव्य स्वरूप का अनुभव करते हैं और कैसे करते हैं दिवस्वरूप का अनुभव हरे कृष्ण करके तो हम हरे कृष्ण करेंगे तो दिव्य स्वरूप है भगवान का सच्चितानंद जो प्रकाशित कर रहे हैं वहां पे उसका अनुभव कर पाएंगे वहां जाके इसलिए कह करें अक्षर तथा गतिन कया। दूसरे शब्दों में यह लोग हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय महात्मा का गंतव्य है तो यहाँ बता रहे देखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं हमें अगर कोई चीज दिख नहीं रही है तो समझे है ही नहीं जैसे कि सूर्य दिख रहा है ना चंद्रमा दिख रहा है ना ऐसे भगवान का धाम भी है और सोच के देखो सूर्य चंद्रमा क्या किसी वैज्ञानिक ने मनाए नहीं ना है ना और कितना तेज देता है चंद्रमा की शीतलता देता है बारिश होती तो ये सब है ना दिख रहा ना ये तो तो फिर भगवान का धाम भी है और हमें कैसे पता चलेगा सूर्य कैसे पता सूर्य ना कि अपने आप सूर्य सूर्य कहते हैं किसी ने तो बोला होगा ना सुनाया होगा चंद्रमा चंद्रमा को चंद्रमा बताया होगा तो सुन के पता चला तो ऐसे भगवान का धाम है ये सुन के कहाँ से भगवदगीता भागवतम इससे हमें पता चलता है अगर हम भगवदगीता से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान का धाम भी है अगर हमें भगवान के धाम इसी जन्म में पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा जैसे एक एग्जांपल देते हैं अगर मान लो किसी का कोई एयरपोर्ट पे है और अभी टाइम वेट कर रहा है कि आ रही है फ्लाइट आ रही है डिले हो गई घंटे डिले हो गई चाय पी लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ और अचानक अनाउंसमेंट होगी आ गई एकदम घंटी बद गई तो क्या उसके लिए मायने रखती है चाय कॉफी या कोई भी चीज सब फेंक देगा ना एकदम त्याग के तुरंत भागेगा तो उसी तरीके से हम अगर धाम इसी जन्म जाना चाहते हैं तो हमें यही देना है कि क्योंकि टाइम लिमिट है भाई मान लो मैं बोलूं कि वृंदावन जाना है एक महीना टाइम है चले जाओ तो तुम फिर कब जाओगे एक महीना है ना तो तुम उन्तीसवें दिन ही जाओगे फिर है ना सोचोगे महीना चले जाएंगे क्या दिक्कत कोई बोले दो घंटे पहुंचना है तो क्या करोगे स्पीड तो इसी तरीके से रोहान के धाम अगर जल्दी पहुंचना है तो हमें स्पीड लगानी होगी मतलब टाइम आ गया ना एक तरह से अगर टाइम ना हो ये बोल दे के अनलिमिटेड तो हमें जन्म पे जन्म जन्म पे जन्म लगे रहेंगे अब अगर यहाँ पे टाइम की लिमिट आ जाए जैसे ट्रेन का ही टाइम होता है तो भागते हैं ना जल जल्दी पैदल पैदल भागते हैं छूट ना जाए उस टाइम पे अगर कोई बोले कि ये ले लो वो ले लो तो कुछ देखेंगे हम लेकिन अगर खाली बैठे हैं टाइम है चार घंटे ट्रेन लेकर तो कोई आ गया चला आ जाए देखते हैं तो उसी तरीके से हमें भक्ति में ही एक छूट नहीं देनी महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से देव संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण बानव भक्ति विकसित करते हैं हाँ देखो भक्ति विकसित करते हैं इसका मतलब है जैसे भागोतम एक अनुभव है भागवतम जो है वो एक अनुभव है और किसका अनुभव है जो शुद्ध भक्त हैं उनका अनुभव जैसे ध्रुव महाराज सुखदेव गोस्वामी इन्होंने फील किया है वही तो उन्होंने अपनी कथा मतलब लिखा है स्टोरी मतलब जैसे भगवान के संग उनकी जो भी लीला हुई वही तो बताइए जैसे नारद जी गए थे नारद की भागवतम में आती कथा आती है वो बचपन में छोटे थे माँ की मृत्यु हो गई तो वो चल पड़े फिर वहां पर उन्होंने वनों को देखा जंगलों को देखा पर्वत को देखा गाँव को देखा ये सब चीजें बता रहे हैं फिर मैं थक गया था मैंने पानी पिया ये पिया ये सब चीजें बता रहे हैं ना तो वो शुद्ध भक्त है तो हम फिर असाधन कर रहे हैं ना अनुभव कर रहे हैं ना शुद्ध भक्तों से तो ये बता रहे हैं कि जो अनुभव सिद्ध भक्त से हमें दिग्ग संदेश प्राप्त करना चाहिए और बता रहे हैं कि जैसे भागवत में शुद्ध भक्तों के अनुभव रिकॉर्ड किए गए जिस शुद्ध भक्तों के अनुभव हुए ना मान लो कि तुम शुद्ध भक्त हो तुम्हें अनुभव हुआ हो कुछ तो तुम्हारा अनुभव भागत में दिया क्योंकि ताकि भक्त सुने के भक्त भगवान से फिर भक्तों का क्या अनुभव होता है तो फिर वो अनुभव सुनते हैं सुखदेव प्रहलाद ध्रुव नारद व्यासदेव आदि तो हम इन भक्तों से सुनते हैं तो कृष्ण कितने कृपालु हैं ये भक्तों का अनुभव है कि बताते हैं कि कृष्ण कितने कृपालु हैं इन हमें भक्तों के अनुभव से पता चलता है और वो फिर प्रसारित करते हैं तो तो कृपा कर रहे हैं तब हम जैसे लोग जो भगवान को नहीं समझते हैं तब हम उनके अनुभव से कृष्ण को समझ पाते हैं यानी कृष्ण को कैसे प्रेम करना है ये सीख पाते हैं कैसे शुद्ध भक्तों से शुद्ध भक्तों के अनुभव से ठीक है समझ पाते तो तो जाओगे अब किसी ने बोला नहीं सुना नहीं तो क्या करेंगे तो इसी यही बता रहे हैं और बता रहे हैं जब हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं तब हम कोई बाबा देवता के प्रति हमारी कुछ भी आसक्ति होती है तभी खत्म होती है शुद्ध वक्त सुना कृष्ण के बारे में सुना तभी तो अगर मान लो कोई बाबा है या कोई देवी देवता में आ सकते है बाबा में कोई आ सकता है तभी तो वो आसक्ति खत्म होगी जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो कैसे खत्म होगी तो, तो उसी में पड़े रहेंगे तो हमें शुद्ध भक्तों से सुनना है जैसे प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी से सुनना चाहिए या प्रभुपात जी का जिन्होंने आश्रय ले रखा है उनसे सुन सकते हैं पर मैन पहले प्रभुपात जी फिर उसके बाद जैसे दीक्षा लिए उसके और उसके बाद फिर जो तुम्हारी लीडर है जो तुम्हें काउंसिलिंग करते हैं का सुनना चाहिए, ठीक ठीक है, है, ओके, जानना चाहते हैं, पे पे थे, तांपे थे हम, हाँ विकसित करते हैं तो हाँ, करते हैं, पे, तो करते और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं ये क्या मतलब है भौतिक लोक में आध्यात्मिक लोग में भी नहीं जाना चाहते ये क्या मतलब है तो देखो किसी ने पूछा कि गोलोक और वैकुंठ में अच्छा कौन सा किसका अच्छा तो जाहिर सी बात है गोलोक क्यों क्योंकि वहां पे हमें भगवान के पास रहने का और भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है और ये वैकुंठ में नहीं मिलता वहां पर मतलब दूर रहते हैं मतलब ठीक है वो नहीं मिलता मान लो के हाँ तो बताते हैं गोलोक अच्छा है क्योंकि कृष्ण पास में कृष्ण के पास में रह सकते हैं तो सुनने से इच्छा आई ना किता कि हो ना हो जैसे तो भगवान तो तो तो इतने कृपालु हैं कि वो पूरा करते हैं और बता रहे हैं कि आध्यात्म भी नहीं जाना चाहते इसका मतलब क्या है देखो आध्यात्म भी नहीं जाना चाहते इसका मतलब है इस जगत में मान लो वो दुख की निर्वृत्ति के लिए भक्ति करके वैकुंठ नहीं जाना चाहता मतलब वैकुंठ नहीं जाना मतलब वैकुंठ नहीं निर्वृत्ति मात्र के लिए वैकुंठ नहीं जाना चाहता जैसे कि हमें यहाँ दुख मिल रहा है संसार में तो इस दुख से मैं जैसे छूटू इसलिए वैकुंठ जा रहा हूं इसलिए नहीं जाना चाहते वो दुख की निर्वृत्ति के लिए वैकुंठ नहीं जाना चाहता भक्त तो भगवान के पास जाके भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहता है ऐसा नहीं कि आप दुख है वो इसलिए जाना चाहता है एक्चुअली भगवान की पास रह के भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहता है इसलिए करें आध्यात्मिक लोग भी नहीं जाना चाहता भगवान की सेवा कहीं भी मिले भगवान की सेवा करना चाहता तो है वो जहाँ भगवान की सेवा मिलती है वहीं खोज सकते इस तरीके से इसलिए भगवान के यहाँ गोलोक जाते हैं परम गति को प्राप्त करते हैं परम गति कौन है कृष्णा सच्चिता स्वरूप जैसे प्रभुपात जी की एक युक्ति है एक बार प्रभुपात जी जब कर रहे थे जब करते करते वो रो रहे थे और जब वो आँख खोलते हैं तो वो अपनी शेष से बोलते हैं कि मैं कृष्ण को सामने देख सकता हूँ और ये मेरी गुरु की कृपा की वजह से और मैं ये गुरु की कृपा की वजह से देखता हूँ तो कृष्ण को साथ साथ देख पाते इसलिए भगवदगीता सुननी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं भगवदगीता पढ़ेंगे तो जाएगा कि हम क्यों भक्ति कर भगवदगीता पढ़ी नहीं था रूप, पता नहीं कहाँ की पढ़ी ली तो भक्ति तो कर रहे तुम लेकिन वो भक्ति है या नहीं पता नहीं क्या कर रहे होना कोई तो बोल रहे होम वो निराकार में ये है सब कुछ है, है ना तो इस तरीके से ठीक है वे केवल कृष्ण सदा कृष्ण का सामी चाहते हैं देख रहे हैं ना मतलब आधर लोग नहीं जाना चाहते कहा जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण के पास जाना है इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सुगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है ये भक्त कृष्ण भावना जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं देखो जब भगवान जब हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे ये देखो ये तो मुझसे सबसे चीज मांग रहा है।, चीज है सबसे चीज भगवान का प्रेम ही है सबसे चीज वस्तु मांग रहा है तो भगवान क्या करते हैं फिर तो भगवान उसकी जितनी भी बाधाएं होती है भक्ति में उन सब बाधाओं को काट देते हैं सारी बाधाओं को काट देते हैं कोई ऐसी बाधा नहीं रहती जिसे वो ना काट पाए तो भगवान सारी बाधाओं को हटा देते हैं काट देते हैं और ताकि वो भक्ति में अच्छे से प्रगति कर पाए तो हमने क्या सीखा कि जो पिछले श्लोक में बताया कि जो अनन्य भक्त है जो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं भगवान के पास जाते हैं तो भगवान के पास जाके क्या लाभ है तो लाभ ये है कि भगवान को प्राप्त करते हैं और इसे दुखालयम अशाश्वतम इस संसार में वापस लौट के नहीं आते जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त करते हैं जो भगवान का सच्चे स्वरूप है जो गोलोक में प्रकाशित करते हैं उसको वो प्राप्त करते हैं और वही पे सुख से रहते कौन आना चाहेगा यहाँ पे कोई नहीं आना चाहेगा वहाँ भगवान की सेवा वहाँ पे आनंद ही आना ठीक है ओके तो हम रुकते हैं यहाँ पे हरे कृष्ण जगद्गुशील रूपादि की जय श्रीमद्भगद्गी की जय नितौतम हरी हरिभो हरि